ओं मनुज्व मरुतुलल्यगम जितेद्रिम बुद्धिमता वाताजान यूथ्य मुख्यम श्रीराम दूथम शरण प्रपदे दर्शको जय श्रीराम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 सूर्योदय होगा प्रातः छः बजकर दो मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर पचास मिनट पर नक्षत्र की बात करें तो स्वाति नक्षत्र रहेगा दोपहर दो, दो बजकर बाईस मिनट तक की इसके उपरांत विशाखा नक्षत्र लग जाएगा करण की बात करें गर करण रहेगा इसके उपरांत तो वरिजकरण रहेगा और अंतिम करण जो रहेगा ये बिष्टिकरण रहेगा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 जय माता दी